क्या आप जानते हैं भारत के मार्शल आर्ट खिलाड़ी बिस्पी खरारी ने संतावन सेकंड में अस्सी टीम के कैन एक मिनट में कोहनी ऐसी इक्यावन कंक्रीट ब्लॉक तोड़ा और फिर नेल प्लेटफॉर्म पर लेटकर अपने सीने पर 225 किलो का कंक्रीट ब्लॉक हथौड़े से तुरवा कर तीन